Mm -hmm. Present by Mina Music S.D. Single, Rockstar, D.M. Mina, Take What, This Song ah, Right, Most Prominent, Take What, Music by My Hands Studio, Bambora. नील कमल सी थारी नीलम सी मुस्कान दीस्तान दिल, वो वो दिल की चौकट परिचंडी दिल में वैल कम तारो दिल की चौकट चंडवाली दिल में वैल कम तार गरल बन जा पसंद की खी सिमल के मारा दिल छोड़ पिंक पिंक इस गुलाबी रंग गाल You swipe my hand like studio from Bora <laughs> मंजिल कौ मिल जा दिल मिल जा मोहब्बत को में से रा रा रा रा रा। नंबर दो दस बारी लेगी दोन कभी कुसी कभी गम दे जाच नम कर जाच प्यार यारणो मत तोड़े तू छाया अच्छा दिल सु कद गुडलक चेंज करेगी दिल को कद गुडलक बोलगी कद लुक चेंज करेगी कर अच्छा दिल को कद गुडलक काल कोठरी लागे तो बिन काली काली रो में अच्छा अच्छा छोरी तू फिल्म में होती तोरी तो रितु होती, छोरी तू फिल्म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 अच्छा, <laughs> के केसवराई पाटन बोंदी में तगड़ी पहचान रिंकू मिलना थारो टेंट लगाए टिप टोस शादी में रिंकू मिलना थारो गाँव को रिंकू हाँ में टेंट चला राखे बात भाई जी की शादी में रिंकू को हाई बाई टेंट लगा भाई जी की शादी में डायमंड सॉरी सोरी ढील उजा कर राम मस्त थारा दिल की गावे मस्त थारा दिल की गावे